Guys, क्या आपने किसी को गलती से कोई मैसेज सेंड किया है जो कि आप उस इंसान को नहीं करना चाहते थे अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो एक तरीका है जिससे आप इस मिसकम्युनिकेशन को रोक सकते हैं कैसे मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है आपको जल्दी से अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डाल देना है इससे मैसेज डिलीवर होने में फेल हो जाएगा जब मैसेज डिलीवर होने में फेल हो जाए तो उसे डिलीट कर देगा गाइज आपको ये अमेजिंग ट्रिक जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अगली वीडियो में